कहती है सीता सुनो ये देवरे जी काहे पुकारे तोरे भैया हो कहती है सीता सुनो ये देवरे जी काहे पुकारे तोरे भैया हो है सीता सुनोए जेवर जी काहे पुकारे तोरे भैया हो कहती है सीता सुनो जेवर जी काहे पुकारे तोरे भैया हो हम हमके लगे कोई तैयारी हमको लगे कोई आप तई यही से पुकारे तोरे भैया हो हमको लगे कोई आप तैयार यही से पुकारे तोरे भैया हो कहते हैं लक्ष्मण सुन मेरी मैया मान लो हमे रो कहन हो कहते हैं लक्ष्मण सुनो मेरी मैया जो दूसरे की मैया होते सहाय दो दूसरे की मैया होते सहाय क्या कोई होगा सहाय कहो कहती है सीता सुन चुम क्योंकि पुकारे सीता सुनो लक्ष्मन निकना ही लागे तेरी मनता हो कहती है सीता सुनो मेरे लक्ष्मण निकना ही लागे तोरे मनता हो चाहते हो लक्ष्मण राम मर जाते तू चाहते हो लक्ष्मण राम मर जाते अयोध्या के राज हथी कहती है सुनो लक्षुम को पुकारे तोरे भैया हो कहते हैं लक्ष्मण सुनो मेरी मैया कैसे बोलती बातें हो माता तो चिल्ला जैसे आप माता को कोशीला जैसे आप हो मैया पिता दस रथ जैसे भैया हो कहती है सीता सुनो ये देवर जी कहे को पुकारे तोरे भैया हो कहती है सीता चाहे को तुकार तो